तो दोस्तों जैसा कि आप सब अभी देख सकते हो कि मैं दिल्ली आया हुआ हूं और यहां पे मीटअप था जैसा कि आप सबको पता है और ये भाई हैं जो कि ब्लॉगिंग से लेकर वीडियो बनाते हैं और ये अंकल जी हैं जो कि काफ़ी सपोर्टिव हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं भाई को इनके पिताजी हैं क्योंकि दोस्तों होता क्या है जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तो हमारे फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता था मेरे पिताजी कहते थे ये सब तुम क्या करते हो फालतू की चीज़ें पढ़ाई लिखाई करो काम करो क्या ये वीडियो वीडियो बनाते रहे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें लगता था यार कहीं हम गलत तो नहीं है मतलब कहीं ऐसा फील होता था लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आता था, था कि यार मतलब लाइफ में कुछ करना है माता पिता को प्राउड फील कराना है कि कुछ ऐसा करके कि माता पिता को लगे कि नहीं चलो जो है हमने जो बोया वो हमने पाया है ना तो ये चीज़ें होती है तो भाई ब्लॉगिंग करते हैं और इनके फादर जो हैं अंकल जी काफी सपोर्टिव हैं सपोर्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कार्पेंटरी कारपेंटर का काम करते हैं ना कारपेंटर का काम करते हैं और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है जो भी पैसे जनरेट होते हैं उसको सारा का सारा अपनी यूट्यूब वीडियो में खर्चा बस खाने के इस्तेमाल करते हैं बाकी यूट्यूब में खर्चा कर रहा है और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी चीज़ पे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है तो भाई ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और काफ़ी वीडियोज़ इनको मैंने देखा कि वीडियोज़ बना चुके हैं लेकिन कही कहीं ना कहीं देखिए कुछ कुछ कमियां होती हैं और वही हम बताते हैं सिखाते हैं कि देखिए ये कमी है तो इस चीज़ को सही कीजिए क्योंकि अगर गलत तीर मारेंगे ना तो उसका निशाना कभी सही नहीं लगेगा और अगर समझ के के अगर सही तीर मारेंगे ना तो निशाने पर लग जाएगा तो कुछ गलतियाँ थी भाई के चैनल पर जो कि थमनल में ये सारी चीज़ों में वो चीज़ें मैंने इनको बताई और आई होप मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें जो है आपको करनी है और नंबर भी हम मैंने इनको दे दिया पर्सनली कोई चीज़ पूछनी होगी तो और इनको सपोर्ट कीजिए आप लोग क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि खुद पे इतना मेहनत करके मेहनत से कमाए हुए पैसे YouTube पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क भी होता है अपने आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं सर मैंने डेढ़ सौ साल में तकरीबन एक डेढ़ लाख रुपए लगा चुका मुझे पता है मैंने अपना स्टूडियो भी बना रखा है उसमें सारी चीज़ सेटअप वगैरह लगा रखी है और बाकी हेल्प भी बहुत ली मैंने लोगों से पर हेल्प इतनी मिली नहीं नहीं कोई सपोर्टिव तरीके किसी ने भी बट आज मुझे मौका मिला तो मैंने इस मौके को नहीं छोड़ा और मैं सारी चीज़ छोड़ छाड़ के काम धंधा छोड़ कर मैं यहाँ आया हूँ भैया जी से मिलने के लिए क्योंकि ये मौका मुझे आज दो साल में पहली बार मिला है तो इसको मैं खोना नहीं चाहता था इसलिए मैं भैया जी से मिलने के लिए आया यहाँ दोस्तों अब भाई को सपोर्ट और आप इससे भी अच्छा कंटेंट आपको इनके चैनल पर देखने को मिलेगा क्योंकि इनको मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं और सपोर्ट कीजिए क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सब आगे और को देखने के से। हाँ तो भाई दोस्तों वैसे तो यार मुझे आप जानते नहीं होंगे लेकिन आगे है ना आते हुए हम सबको जान जाएंगे और आप भी हमें अच्छी तरह से जान जाएंगे और भाई मैं YouTube पर ये मेरा माई फर्स्ट व्लॉग है और भाई इससे पहले भी मेरे बहुत सारे व्लॉग आ चुके हैं और बहुत सारे अन्य चैनल में बना चुका हूँ ये मेरा पहला चैनल नहीं है तो भाई अभी चलता हूँ मैं कहीं और पे और वहाँ पे बात करता हूँ जाके आपसे भाई वैसे तो व्लोग बनाने के लिए एक फ़ोन की ही ज़रूरत होती है और माइक भी लेके आ जाते हैं लोग बट बाकी्लॉग बनाने के लिए अच्छी अच्छी लोकेशन की भी ज़रूरत रहती है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी शानदार लोकेशन है और सूरज के साथ में है ये लोकेशन और भाई एक मेरी ये बाइक है टूटी फूटी देख सकते हो आप कैसी भी है बाइट टूटी फूटी बाइक है ये मेरी और भाई इसको मैंने अपनी मेहनत से कमाया है कोई यूट्यूब की कमाई से नहीं कमाया है और भाई मैं नया हूँ और यूपी चौदह के छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ और भाई बात क्वालिफ़िकेशन वगैरह की की जाए तो भाई आप एक तरीके से मुझे अनपढ़ ही कह सकते हैं क्योंकि भाई मैंने टेंथ वगैरह पास कर रखी है तो उसमें ज़्यादा आप पढ़ा लिखा नहीं कह सकते हमको तो भाई चलते हैं और मिलते हैं तो भाई घर वालों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि भाई जो पैसा मेरे को अपने घर में देना चाहिए वो घर में ना दे के मैं अपने YouTube पर लगाता रहा और भाई मेरे को बहुत कमी आती गई घर में प्रॉब्लम चलती गई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस चीज़ को मैंने नज़रअंदाज करते हुए भी अपना YouTube स्टार्ट करता रहा लेकिन उसका भी कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिला तो लोकेसन तो हम भी चेंज कर सकते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तो कोई देखेगा नहीं ठीक है ना तो अब अब मैं चलता हूँ दूसरी लोकेशन पे ये लोकेशन भी आपको थोड़ी सही लगी होगी लेकिन दूसरी लोकेशन और भी खास लगेगी तो चलो चलते हम हम हम ना ना ना भाड़ भी पाया हूँ तो क्या पाया हूँ कि बस मेरा ही नुकसान हुआ है जो भी हुआ है पैसा खर्च हुआ है टाइम खर्च हुआ है और भाई यार दोस्तों की तरफ़ से जो है बुराई मिली है रिश्तेदारों ने जो है बात करना बंद कर दिया है और क्या बताऊँ मैं आपको कि ज़िंदगी बिल्कुल इतनी झंड हो चुकी है कि अब नींद भी नहीं आती है बिना वीडियो शूट करें या बिना भी कोई भी ब्लॉग बनाए बिखर तो इसी को देखते हुए मैंने जो है नया चैनल बनाया है ये और मैं आपसे उम्मीद करना चाहूँगा कि आप जो है इस पर आए और अपने भाई को ढेर सारी सपोर्ट दें क्योंकि तो आपके भाई को पहले भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिली है जिस वजह से मैं भाई ना तो कोई वीडियो वायरल हो पाई और ना ही मैं कुछ कमा पाया हालांकि मेरा दूसरा चैनल मोनिटाइज भी है लेकिन जब भी मैं कुछ नहीं कमा पाया उससे और ना ही मैं अपने घर वालों का कोई सपना पूरा कर पाया मैं डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि साढ़े वीडियो प्लस डालने के बाद में और दस बारह चैनल बनाने के बाद में इंसान डीमोटिवेट तो होता है लेकिन डीमोटिवेट में नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास में एक लास्ट की ऑप्शन है अगर ये नहीं तो आगे भी कुछ भी नहीं है ठीक है ना इसलिए मैं डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ हूं क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि एक ना एक दिन तो आप लोग भी सपोर्ट में आएंगे और आएंगे ज़रूर ठीक है ना तो मैंने भाई रोज़ सुबह उठ है ना भगवान की भी बहुत ज़्यादा पूजा की है और सेवा भी की है और बाकी क्या बताऊँ मैं आपको लगता है कि मेरी किस्मतें खराब हैं जिससे कि मेरे को कुछ भी फल नहीं मिल सका ऐसा जिसकी मैं उम्मीद करना चाह रहा था बस मेरी बस एक यही छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं फुल टाइम ऑल टाइम ब्लॉगर बनना चाहता हूँ दुनिया घूमना चाहता हूँ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ चीज़ों को बस यही खोची मेरी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया ना ही यार दोस्त ने ना ही किसी रिश्तेदार ने रिश्तेदार ने भी मेरे को पागल बोला मोहल्ले पड़ोस वालों ने भी मेरे को पागल बोला लेकिन तुम्हारा भाई कभी नहीं रुका हमेशा चलता ही रहा आज मेरे को तीन साल होने वाले हैं YouTube पर लेकिन मैं चलता ही जा रहा हूं चलता ही जा रहा हूं बस आप लोगों के भरोसे क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों का प्यार मुझे कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा बस मैं बस उसी उम्मीद में लगा हुआ हूँ भगवान से रोज़ मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ना एक ना दिन तो आपका जो है सपोर्ट मुझे आया है ठीक है ना तो भाई फटाफट चैनक चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना बिल्कुल ही ठीक है ना क्योंकि यार मैं इस चीज़ को सुन सुन के बहुत ज्यादा पक चुका हूँ कि यार तेरे बस्ती नहीं है ये चीज़ करना तेरे बस्ती ये नहीं है करना तेरे बस्ती नहीं है करना तो भाई ऐसा मत करो क्योंकि तो मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है इस चीज़ का और भाई मेरा ये माज फाश फ्लॉक वायरल करा दो मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूँगा उम्मीद नहीं तो भाई मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊँगा बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो तो मेरे पिछले वाले चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आपके भाई ने कितनी मेहनत की है हज़ारों वीडियो डाल चुका हूँ आपसे पहले और भाई इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी डेली व्लॉगिंग करता हूँ मैं आप वहाँ जा देख सकते हैं और भाई मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके भाई के सपोर्ट को क्योंकि आपके भाई को आपकी सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी ज़्यादा इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो मेरे को ऑक्सीजन देने का काम करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके हमसे कुछ भी बात कर सकते हैं जिस किसी को मुझसे बात करनी होगी मैं उसको नंबर भी प्रोवाइड करा दूँगा अपना ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है ना